वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने मैकेनिकल ट्रेड से जो भी कैंडिडेट्स आई कर रहे हैं उन सभी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एम की एक नई सीरीज लेकर के आया हुआ हूँ जिसके टॉपिक का नाम है हैंड टूल्स हैमर वाइस स्पेनर अब मैं आप क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंजीनियरिंग वाइज का साइज निम्न पर आधारित होता है मोबेबल जा की लंबाई पर जा की चौड़ाई पर वाइज की ऊंचाई पर जा का अधिकतम खुलना इंजीनियरिंग वाइज का साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है क्वेश्चन नंबर टू उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं फिक्सर जिग, गेज गाइड बार इसे हम जिग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिस हैमर का भार दो किलोग्राम से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं सॉफ्ट हैमर बाल पिन हैमर स्लेज हैमर मैलेट हैमर जिस हैमर का वेट दो केजी से ज़्यादा होता है उसे हम स्लेज हैमर के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिस हैमर की पेन हैमर के हैंडल की सीध में होती हैं उसे कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर क्रॉस पिन हैमर बाल पिन हैमर स्लेज हैमर जिस हैमर की पेन हैमर के हैंडल की सीध में होती हैं उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिस वाइज का गाइड नर आधा होता है उसे कहते हैं क्विक रिलीज वाइज बेंच वाइज यूनिवर्सल मशीन वाइज पाइप वाइज लैग वाइज जिस वाइस का गाइडनेस आधा होता है उसे हम क्विक रिलीज बेंच वाइस के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिटिंग सॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं मैलेट, बॉल पिन हैमर फ्लैज हैमर क्रॉस पिन हैमर फिटिंग शॉप में लकड़ी से बने हैमर को हम मैलेट के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैमर का वर्गीकरण उसके डेस्क अनुसार किया जाता है पेन के अनुसार भार के अनुसार सकल के अनुसार भार हुआ पेन के अनुसार हैमर का क्लासिफिकेशन भार और पेन के आधार पर किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेट के बने हथौड़े होते हैं नर्म हथौड़े सख्त हथौड़े मार्किंग हथौड़े उपरोक्त में से कोई नहीं लेट के बने हेमद सॉफ्ट हथौड़े होते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइस के स्पेंडल में किस तरह की थ्रेड काटी जाती है या कटी होती है वी थ्रेड स्क्वायर थ्रेड मीट्रिक थ्रेड बट्रस थ्रेड वह की स्पेंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन बाल पेन हैमर की पेन की आकार होती है गोलाकार स्क्वायर स्ट्रेट क्रॉस बाल पिन हैमर की पेन का आकार गोलाकार होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की फिल इन द ब्लैंक्स ऊंचाई के बराबर रखी जाती है कंधे के कोहनी के मनुष्य के घुटने के इसका राइट आंसर होगा कोहनी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है उस हैमर को क्या बोला जाता है रा हाइट हैमर स्लेज हैमर पेन हैमर घन जिस हैमर के बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा रहता है उस हैमर को हम राइट रा, हैमर के नाम से जानते हैं ऑप्शंस नंबर ए जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लकड़ी से कील निकालने के लिए हैमर उपयुक्त है क्ला हैमर स्लेज हैमर घन मैलेट लकड़ी से कील निकालने के लिए क्ला हैमर का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए हैमर प्रयुक्त होता है लेड हैमर सॉफ्ट हैमर स्लैज हैमर पेन हैमर इसका राइट आंसर है सॉफ्ट हैमर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में घड़ी साफ में मार्किंग में टूल गाइड में पिन वाइस का यूज घड़ी स्टार्ट साथ में किया जाता है मतलब जी जो घड़ी की दुकान होती हैं उसमें हम पिन वाइस का यूज़ करते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से जा की अधिकतम ओपनिंग से मूवेबल जा की लंबाई से जा की चौड़ाई से जो कि इसका रास्ता राइट right आंसर है जाकी चौड़ाई से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेंच वाइस की मेज पब्लिक वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि टॉमी बोर को घुमाने में वर्क बाधक लगाया जाता है धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है वाइस में लंबे क्षण को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है वाइस को स्थिर करने के लिए बोल्ट को मेज ऑब्लिक बेंच से ऊपर तक निकाला जा सकता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइस में लंबे छड़ की सीधी लंब रूप में बांधा जा सकता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मार्किंग करने के लिए रिफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है वर्क पीस से सरफेस गेस से मार्किंग टेबल की सतह से वर्क ड्राइंग से जिसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी मार्किंग टेबल की सतह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइस की जैप्लेटें बनी होती हैं माइल्ड स्टील मतलब मृदु इस्पात हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन स्टील या ब्रास या ढलवा लोहा वाइस की जैप्लेट हाई कार्बन स्टील्स की बनी होती हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेंच वाइस की स्पेंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील कास्ट टैरन टोल स्टील ब्रॉन्च वाइस की स्पेंडल जो कि है माइल्ड स्टील्स की बनी होती है ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है हेवी जॉब को फिक्स करने के लिए नंगे बोल्टों को टाइट करने के लिए गोल जॉबों को पकड़ने के लिए छोटे छोटे कार करने के लिए हैंडवाइस का प्रयोग छोटे छोटे कार करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है टेढ़े मेढ़े आकार के छोटे वर्क को पकड़ने के लिए पिनों को फिक्स करने के लिए पिनों को पकड़ने के लिए स्टडों को पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज़ पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसका ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइस के बॉक्सनट की धातु होती है माइल्ड स्टील फास्पोरस ब्रांच वाइट मोटल एलाई स्टील वाइस का बॉक्सनट होता है फास्पोरस ब्रॉन्च का तथा गन मेटल का भी होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्ट्रेट पिन हैमर की पेन होती है हैंड के हैंडल के समकोण में हैंडल की सीध में हैंडल के क्रॉस में हैंडल की ओर मुड़ी हुई स्ट्रेट पिन हैमर की पेन जो होती है हैंडल की सीध में होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्रास पिन हैमर की पिन होती है हैंडल के कोण में हैंडल की सीध में हैंडल के क्रॉस में हैंडल की ओर मुड़ी हुई क्रॉस पेन हैमर का जो पेन होती है वह हैंडल के क्रॉस में होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइस का मूवेबल जा इस्पेंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता है इसका कारण क्या है कि फिक्स और मोबेबल जा अत्यधिक टाइड है स्पेंडल की पिन टूटी हुई है स्प्रिंग कार नहीं कर रहा है स्प्रिंड स्पेंडिल की थ्रेड्स थोड़ी सी घिस गई है जिसका राइट आंसर होगा इस्पेंडिल की पिन टूटी हुई है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैंड वाइस का साइज लिया जाता है जा की चौड़ाई से जा की लंबाई से वजन से रिविट के मध्य से जा तक की कुल लंबाई से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रिविट के मध्य से जा तक की कुल लंबाई से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हार्ड जहा से बचाने के लिए फिनिश सतह को बचाने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं जिसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी फिनिश सतह को बचाने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेगवाइज की धातु होती है ढलवा लोहा मीडियम कार्बन स्टील रॉट आयरन मिश्रित धातु लेग वाइज की धातु रॉ टन की बनाई जाती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैंड हैंडवाइस बनी होती है कास्ट स्टील कास्ट टैरन मीडियम कार्बन स्टील पिटवा हैंड हैंडवाइस हमारी कास्ट स्टील की बनी होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेग वाइस का साइज लिया जाता है जा की चौड़ाई से जा की लंबाई से रिविट या पिविट के मध से जा तक की लंबाई से उपरोक्त सभी लेग वाइज का साइज जो लिया जाता है वह लिया जाता है रिविट या पिविट के मध्य जा की लंबाई से ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर 32 कारपेंटर वाइज के स्पेंडल पर किस तरह की चूड़ी कटी होती है सा टूट थ्रेड नक्कल थ्रेड वर्गाकार थ्रेड एकमे थ्रेड कारपेंटर वाइस में सा टूट थ्रेड कटी होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैंड वाइज का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है स्क्वायरनट नट, नट विंगनट नट, हैंड वाइस का नट जो होता है वह विंग नट होता है जिसे फ्लाईनट के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बेंच वाइज को निम्न से निर्दिष्ट किया जाता है जा की चौड़ाई से इस की लंबाई से चल जबड़े की चल दूरी से स्थिर जबड़े की लंबाई से बेंच वाइज का किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है बेंच वाइस जा की चौड़ाई से मतलब जबड़े की चौड़ाई से बेंच वाइज निर्दिष्ट किया जाता है नेक्स्ट मृद क्लैम्प को बेंचवाइज में धातु चादर के क्लाइंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह टूटने से रोकता है वह मुड़ने से रोकता है वह घिसाव रोकता है वह यथार्थता मतलब सामर्थ देता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वह घिसाव को रोकता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न को प्रचालित करने के लिए एक सी पाने की जरूरत होती है चक डिब्री पासन छा स्प्रिंकलिप स्वता पासन डिब्री प्रचलित करने के लिए सी पाने की जरूरत होती है जिसका राइट आंसर होगा चक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है पाइपों को बांधने के लिए बेलनाकार जाबों को बांधने के लिए स्टडों को बांधने के लिए उपरोक्त सभी पाइप वाइज का यूग इन तीनों ऑप्शंस को कैरी करता है पाइप वाइज बांधने के लिए भी बेलनाकार जॉब को बांधने के लिए भी पाइप को बांधने के लिए स्टेट्स को बांधने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप वाइज का साइज लिया जाता है स्पेंडिल की लंबाई से इसमें पकड़े जाने वाले पाइप की अधिकतम व्यास से जा की लंबाई से जा की चौड़ाई से जिसका राइट आंसर होगा इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम डायमीटर से लिया जाता है नेक्स्ट बनी होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप वाइस के दोनों जा बने होते हैं फोर्टी फाइव डिग्री पर सिक्सटी डिग्री पर नाइन्टी डिग्री पर उपरोक्त सभी पाइप वाइज के दोनों जबड़े जो बने होते हैं वह 90 डिग्री पर बने होते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप वाइज में अधिकतम व्यास पकड़ा जाता है 63 थ्री mm, 100 एम mm, 40 एम mm, 150 फोर्टी पाइप वाइज से मैक्सिमम डायमीटर का व्यास पकड़ा जाता है 63 थ्री क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है जा की लंबाई के बराबर जा की लंबाई की दो गुनी जा की लंबाई की ढाई गुनी जा की लंबाई की तीन गुनी पेंच वाइज हैंडल की लंबाई जा की लंबाई की ढाई गुनी होती है ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेग वाइज का प्रयोग किया जाता है कारपेंटर शॉप में सीट मेटल शॉप में फिटिंग शॉप में फोर्जिंग शॉप में लेग वाइज का यूज़ जो किया जाता है वह फोर्जिंग शॉप में किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टूल मेकर टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया जाता है रब कारों को पकड़ने के लिए स्क्रू को पकड़ने के लिए फिनिशिंग किए जॉबों को पकड़ने के लिए उपरोक्त सभी टूल मेकर क्लैंप का यूज जो किया जाता है फिनिशिंग किए गए जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्लैज हैमर में अधिकतम कितने वजन तक में पाए जाते हैं दो के जी चार के जी 10 के जी स्लेज हैमर जो पाया जाता है वह मैक्मम टेन के जी तक पाया जाता है दस किलोग्राम तक पाया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लेज हैमर का मुख्तार प्रयोग किया जाता है सामान कार्यों के लिए कारपेंटर कार्यों के लिए सीट मेटल कार्यों के लिए फोरजिंग कार्यों के लिए स्लैज हैमर का यूज़ फोरजिंग कार्यों के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैंड हैमर के पेन निम्न में से किस आकार के होते हैं पेन गोल हुआ फेस फ्लैट, पेन क्रॉस और फ्लेट फेस फ्लैट, पेन और फेस फ्लैट, पेन स्ट्रेट और फेस प्लेट हैंड हैमर के पेन और फेस निम्न में से किस आकार के होते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट right है पेन और फेस फ्लैट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्ला हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है लकड़ी में से कील निकालने के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैमर के हैंडल में पच्चड़ मतलब वेज लगाने के लिए निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या है हैमर को हैंडल में घूमने से रोकने के लिए हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए का वाह खा दोनों का वाह खामे से एक जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी का व खाद दोनों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है जिसका संभावित कारण क्या हो सकता है हार्डनिंग और टैंपरिंग उचित ना होना टैंपरिंग का उचित ना होना एनलिंग हो जाना उपरोक्त सभी जिसका राइट आंसर होगा हैमर का मे मशरूम हो जाता है बार बार हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ना होने के कारण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 750 ग्राम की स्लेज हैमर के हैंडल की लेंथ कितनी होती है 350 सौ mm, 400 एम mm, 4 487.5 सौ mm, 600 एम mm, 750 ग्राम स्लेज हैमर का जो लेंथ होती है 487.5 mm होती है हैंडल्स की लेंथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हथौड़े का भाग जहां हत्ता लगा होता है उसे क्या कहा जाता है फेस पिन चिक आई होल जहां पर हत्ता लगा होता है उसे हम आई होल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चिन्ह के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन कितना होता है 250 ग्राम 500 ग्राम 1 के जी दो चिन्ह का मतलब है? जब हम मार्किंग करते हैं तो जो हैमर यूज़ करते हैं उसका नाम बालपिन हैमर है जिसका वेट होता है 250 ग्राम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक इंजीनियरिंग वाइज के साइज को निम्न के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जबड़े का अधिकतम खुलाव चल जबड़े की लंबाई जबड़ों की चौड़ाई वाइज की ऊँचाई बेंच वाइज का साइज जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से सेंग के ब्याज से हैंडल की लंबाई से सेंग की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से जिसका राइट आंसर होगा सेंग की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं रेचेड स्क्रू ड्राइवर फिलिप स्क्रू ड्राइवर सेट स्क्रू ड्राइवर ऑफ स्क्रू ड्राइवर जिसका राइट आंसर होगा रेचेड ड्राइव स्क्रू ड्राइवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोड़ी या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया जाता है रेच स्क्रू ड्राइवर फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर सेट स्क्रू ड्राइवर ऑपसेट स्क्रू ड्राइवर जिसका राइट आंसर होगा ऑपसेट स्क्रू ड्राइवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने या कसने के लिए किया जाता है सेट स्क्रूड्राइवर, ड्राइवर स्क्रूड्राइवर, फिलिप्स स्क्रूड्राइवर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए सेट स्क्रूड्राइवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक स्क्रूड्राइवर की सैंक बनी होती है काश स्टील कास्ट टैरन हाई कार्बन स्टील माइल्ड स्टील एक स्क्रूड्राइवर की जो सैंक बनी होती है वह हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट right है क्वेश्चन नंबर ने टी सॉकेट रेंज का प्रयोग किया जाता है असेंबली के बाहर लगे नट को खोलने के लिए अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए हेडलेस स्क्रू को खोलने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप रेंच किस धातु की बनी होती है माइल्ड स्टील कास्ट स्टील मीडियम स्टील एलॉ स्टील पाइप रेंच कास्ट स्टील की बनी होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइप वाइज का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से जबड़ों की लंबाई से मूवेबल जाके अधिकतम खुलने से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा कुल लंबाई से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेलनाकार जॉब या पाइपों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग होने वाला रिंच कौन सा है मंकी रिंच टी सॉकेट रिंच पाइप रिंच स्लाइड रिंच बेलनाकार जॉब को खोलने के लिए पाइप रिंच का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधिक बड़े ब्याज के पाइपों को खोलने या कसने के लिए किस साइज किस साधन का प्रयोग किया जाता है पाइप रिंच, चैन पाइप रिंच स्लाइड रिंच मंकी रिंच अधिक बड़े पाइपों को खोलने कसने के लिए चैन पाइप रिंच का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिनिश किए जॉबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग सक्रिय करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करते हैं वाइस क्लैंप सी क्लैम्प टूल मेकर क्लैंप डबल फिंगल फिंगर, फिंगर कलैंप जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी टूल मेकर क्लैंप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी क्लैंप का फ्रेम बॉडी निम्न में से किस धातु की बनी होती है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन मृदुस्पाक प्लेन कार्बन स्टील रॉट आयरन ये हमारी जो बनी होती है ऑप्शंस नंबर ए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का यूज करते हैं पैरेलल क्लैंप सी क्लैंप, यूनिवर्सल क्लैंप बेंचवाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि है सी क्लैंप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वर्क पीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइज का यूज़ करते हैं बेंच वाइज मशीन वाइज हाइड्रोलिक वाइज लेग वाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है हाइड्रोलिक वाइज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है 52 से 60 एच 49 से 56 सिक्स 60 से 62 टू 45 से 50 एच हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रॉ हाइट हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किससे बने होते हैं प्लास्टिक एल्युमिनियम, ब्रास लकड़ी ये जो हमारे बने होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं स्ट्राइकिंग फेस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रा हाइट हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है कारपेंटर शॉप हवाई जहाज निर्माण में मशीन शॉप में उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा हवाई जहाज निर्माण में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिनिशिंग किए गए किए जॉबों को पुना मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का यूज़ किया जाता है बाल पेन हैमर सॉफ्ट हैमर रा हैमर क्ला हैमर जिसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट हैमर क्वेश्चन नंबर नेक्ट निम्न में से असेंबली सॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है रो हाइट हैमर मैलेट, सॉफ्ट हैमर क्रासपिन हैमर असम्बली सॉप में जो हैमर यूज़ किया जाता है उसका नाम है रा हाइट हैमर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैमर का साइज लिया जाता है वजन से पेन के आकार से हैमर की धातु से भार और पेन के आकार से जिसका राइट आंसर है भार और पेन के आकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डबल एंडेड स्पैनर, निम्न में से किस धातु की बनी होती है हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील कास्टरन वेनेडियम स्टील हमारी डबल इंडेड स्पैनर जो वेनेडियम स्टील की बनी होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रिंग स्पैनर में नोचिस होते हैं सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन रिंग स्पैनर में ट्वेल्व नोचिस होते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रिंग स्पैनर में नोचेस का प्रत्येक कोण निम्न में से क्या होता है पंद्रह डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री 60 डिग्री ये हमारा होता है 30 डिग्री एंगल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जाग को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है रैक और पिनियन द्वारा वर्क स्क्रू द्वारा हैंडल द्वारा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा वर्क स्क्रू द्वारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने के लिए किया जाता है खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है स्क्वायर वर्गाकार चकनट बेलनाकार नट, बेलना नट हेक्सागन नट जिसका राइट आंसर होगा बेलनाकार नट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है जाकि लंबाई से कुल लंबाई से रिविट के अभ्यास से उपरोक्त सभी जिसका राइट आंसर होगा कुल लंबाई से टोटल लेंथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लायर किस धातु के बने होते हैं कास्ट आयरन माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील कास्ट स्टील प्लायर जो हमारे बने होते हैं वे कास्ट स्टील के बने होते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है बिजली के तारों को काटने के लिए जौबों को पकड़ने के लिए वायर को काटने के लिए उपरोक्त से भी जिसका राइट आंसर होगा बिजली के तारों को काटने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पैरेट रेंच का प्रयोग मुक्ता निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है पाइप फिटिंग्स के लिए स्क्रू को खोलने के लिए धातु के तार को काटने के लिए सॉकेट हेड स्क्रू के लिए पैरेट रेंच का प्रयोग जो किया जाता है पाइप फिटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रिंसर का प्रयोग किया जाता है स्क्रू को खोलने के लिए लकड़ी में से कील निकालने के लिए सॉकेट हेड स्क्रू को खोलने के लिए उपरोक्त सभी कार्य के लिए प्रिंस प्रिंस का जो यूज़ किया जाता है लकड़ी में से कील निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधिक गहराई में लगे नट को खोलने या कसने के लिए निम्न में से किस स्पैनर का यूज़ किया जाता जा है डबल एंडेड स्पैनर, सिंगल एंडेड स्पैनर, ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर। अधिक गहराई के लिए ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट टूल मेकर बटनस किस धातु के बने होते हैं टूर स्टील माइल्ड स्टील कास्ट एरन ब्रास ये हमारे टूल स्टील्स के बने होते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टूल मेकर बटन्स का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस निर्माण में जिग व फिक्सर निर्माण में सीट मेटल कार्यों में असेंबली कार्यों में टूल मेकर बटन्स का यूज़ जो किया जाता है वह हमारा किया जाता है जिग व फिक्सर के निर्माण में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टूल मेकर बटनस का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है ड्रिल मशीन पर लेथ की फेस प्लेट पर ग्राइंडिंग पर उपरोक्त सभी जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मशीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइस के हैंडल को घुमाने पर मोवेबल जा आगे पीछे नहीं चलता है इसका निम्न में से संभावित कारण क्या होगा स्पेंडिल की चूड़ी घिस गई है बॉक्स नेट टूट गया है पिन निकल गई है उपरोक्त सभी इसके ये चारों कारण हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चित्र में एक में दर्शाए गए हैमर का नाम क्या है? हैं, हैंड हैमर क्रॉस पिन हैमर स्ट्रेट पिन बाल पिन हैमर जो हमारा ये है ये क्रॉस पिन हैमर है क्योंकि इसका होल और ये जस्ट अपोजिट है मतलब कि ये हमारा हैंडल्स हो गया है और इसका जो फेस है वो इस तरीके से मतलब क्रॉस में इस कारण से इसका नाम क्रॉस पिन हैमर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चित्र में दिखाए गए ए भाग का नाम क्या है फेस पेन फेस आई होल, चीक ए भाग का जो नाम है वो हमारा पेन है इस भाग को हम पेन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न चित्र में तीन में लेबर ए भाग का नाम क्या है ये हमारा पेन फेस आई होल चीक ये ए वाला भाग हमारा जो है वह आई होल कहलाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चित्र में लेबल किए गए बेंच बेंचवाइज के ए भाग का क्या नाम है फिक्स जा मूवेबल जा स्पेंडिल जा प्लेट यह भाग जो हमारा कहलाता है यह फिक्स जा कहलाता है और यह हमारा मोवेबल जा है। तो ए को पूछ रहा है तो यह हमारा फिक्स जा है अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे चित्र फाइव में दर्शाए गए बालपेन हैमर में लेबल निम्न में से बी भाग का नाम क्या है ये हमारा इस भाग का नाम पूछ रहा है ये हमारा क्या है ये हमारी जो वेज कहलाती है पेन फेस चीक वेज ये हमारा वेज है चित्र में दर्शाए गए बाल पेन हैमर में लेबल किए गए डी भाग का क्या नाम है ये पीछे वाले क्वेश्चन से पूछ रहा है। इस वाले भाग का नाम क्या है ये हमारा फेस कहलाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट right है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चित्र छः में दर्शाए गए गेज का क्या नाम है रेडियस गेज हेमी स्पेरिकल गेज प्लग गेज एंगल गेज ये हमारा जो कहलाता है हेमी स्पेरिकल गेज है नेक्स्ट चित्र सेवन में लेबल किए गए गेज का नाम क्या है टेलीस्कोपिक गेज होल गेज प्लग गेज एंगल गेज ये हमारा टेलीस्कोपिक गेज है चित्र में लेबल किए गए ए टूल का नाम क्या है ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, फर्म ज्वाइंट इन साइड ये जो हमारा है इसे ये रहा। ये हमारी है। ये ऊपर स्प्रिंग स्प्रिंग है है इस कारण से इसका नाम इस जॉइंट कैलिपर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न चित्र में नाइन में लेबल किए गए बी भाग का नाम क्या होगा इस पार्ट्स का नाम पूछ रहा है इस भाग का ऑप्शन में दिए गए हैं स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलीपर स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड साइड कैलीपर फर्म जॉइंट इनसाइड साइड कैलीपर फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलीपर ये जो हमारा कहलाता है इसे हम बोलते हैं फर्म जॉइंट इनसाइड साइड कैलीपर ये लैग्स जो हैं और ये इसके द्वारा हम पहचानते हैं ये हमारा फर्म ज्वाइंट इन कैलीपर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उक्त चित्र ए में लेबल किए गए बी भाग का नाम क्या है पिन, स्प्रिंग, पीछे वाले फिगर से ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है बी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं इस भाग की पूछ रहा है, ये हमारा जो कहलाता है मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारा है पिविट पिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो इसकी लेंथ ली जाती है वह पिविट पिन से पॉइंट तक, तक, तक की दूरी तक लिया जाता है इसीलिए हम इसका नाम पीविट पिन बोलते हैं ये हमारा पीविट पिन है और ये हमारा पॉइंट से इसकी टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ली जाती है पिविट पिन से पॉइंट तक की दूरी तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंजीनियरिंग कार में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं हैंड हैमर सॉफ्ट हैमर राहाइट हैमर मैलेट मैलेट इंजीनियरिंग कार में अधिकतर यूज होने वाले हैमर का नाम है मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर नेक्स्ट हैमर का चीक कैसा होता है उत्तल गोल अवतल समतल फ्लैट हैमर का चीक जो होता है फ्लैट होता है बाल पिन हैमर के फेस की आकृति कैसी होती है स्पॉट, प्लेन उत्तल गोलाकार अवतल बाल पिन हैमर की जो आकृति होती है वो प्लेन होती है स्पॉट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है नॉन फेरस मेटल फेरस मेटल प्लास्टिक हार्डवुड ये जो हमारी बनी होती है फेरस मेटल की बनी होती है बॉडी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैबी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की सेंग कैसी होती है गोलाकार प्लेन चौकोर त्रिभुजाकार ये हमारी चौकोर होती है नेक्स्ट सिंगल एंड स्पैनर की ओपनिंग को कितने डिग्री के कोण पर ऑपसेट करते हैं 30 डिग्री 10 डिग्री 15, 45. जिसका राइट आंसर होगा 15 डिग्री क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड का अच्छ और स्क्रू का अच्छ एक लाइन में ना हो तो निम्न में से किसको हानि होगी स्क्रू ड्राइवर की टिप स्क्रू का हेड होल में थ्रेड उपरोक्त सभी जिसका राइट आंसर होगा स्क्रू का हेड। इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई अगर ये टॉपिक्स आपको पसंद आया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब्स करें नेक्स्ट क्लास जो होगी कटिंग टूल हेक्सा फ्रेम ब्लेड फाइल्स चीजल से रिलेटेड मैं एम क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर्स करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो